हाय मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टेली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे गाइस आज का मेरा जो टॉपिक है वो खासा इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए जो बेसिक से कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो कि विंडोज से पहले हम इसे यूज करते थे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया हुआ ये ऑपरेटिंग सिस्टम था और जब विंडोज़ आ गया तो धीरे धीरे डॉस का यूज़ खत्म हो गया और आज के टाइम में विंडोज़ में इनबिल्ट होकर डॉस को पढ़ाया जाता है डॉस को अब कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डॉस को कवर करेंगे स्टार्टिंग ओपन करने से डॉस का में वर्क हम कैसे करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवाटेज क्या हैं इसमें कि, किस टाइप के कमांड्स यूज होते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको ट नॉलेज हो पाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें बिकॉज इस चैनल पर सारी क्लासेज फ्री मिलती हैं तो शेयर करना ना भूलें तो चलिए चलते हैं देखते हैं डॉस को हम ओपन कैसे करते हैं और उसमें हम वर्क कैसे करते हैं आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर की मेन विंडो पर हम हैं और यहाँ से हम डॉस को ओपन करना बताएंगे आप लोगों को विंडोज़ 10 में यदि आपको डॉस को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप देखें ये सर्च टैब आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक सर्च बार आता है और अगर हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कमांड प्रॉम में रिसेंट्स में भी दिख रहा है लेकिन अगर हमें ओपन करना है हमारी रिसेंट्स में नहीं सो कर रहा है तो हम डॉट सी प्रेस कर देंगे सो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा यहाँ से हम डायरेक्ट ओपन कर लिए अब हम आपको बताते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटर में यदि हमें ओपन करना है डॉस को तो हम रन करके डॉट सीएमडी प्रेस करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे जिसे हम विंडो बटन भी बोलते हैं या हमने क्लिक करा सो हम यहाँ जाएँगे आल प्रोग्राम की जो लिस्टिंग है यहाँ एलिवेटर को हम ड्रैक करेंगे और हम नीचे चले जाएँगे बिकॉज विंडोज़ टेन में आपको जो डॉस मिलेगा कमांड प्रोमड मिलेगा वो विंडोज़ सिस्टम में मिलेगा अगर आप विंडोज़ 8 या 7 या XP वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्सेसरीज़ में कमांड प्रोमड मिलेगा बट विंडोज़ 10 में एक्सेसरीज़ में आपको कमांड नहीं मिलेगा आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा यदि हमें कमांड प्रोम्ट ओपन करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे विंडोज़ सिस्टम्स में बिकॉज सिस्टम की रिपेयरिंग के लिए भी हम डॉस का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में सिस्टम को रिपेयर करना है सिस्टम में बैट सेक्टर्स वगैरह को हटाना है सो हम कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख पा रहे हैं सिस्टम विंडोज सिस्टम नाम के फोल्डर में आपको कमांड प्रॉम्प्ट सबसे ऊपर मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करते ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा तो आपने देखा कि स्टार्ट बटन से भी हमने ओपन करके दिखाया आपको और यहाँ डायरेक्ट हमने सर्च करके भी आपको ओपन करके दिखाया अब हम सब प्रथम से इसको मैक्समाइज़ करते हैं जिससे क्लियरली आपको सारी चीज़ें दिखें आप देख पा रहे हैं टाइटल पे लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट, एम इसका फाइल एक्सटेंशन है और डॉस को अब कमांड प्रॉम्प्ट्स के नाम से जाना जाता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन दिया गया हुआ है बिकॉज कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंतर्गत इनविल्ट होकर चलता है आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन दो में इसको कॉपीराइट किया गया ये एग्जैक्ट पाथ बता रहा है जहाँ पर आपका एग्जैक्ट लोकेशन है कमांड प्रॉम्प्ट के सेव होने का ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 500 so कर रहा है आपका सी कॉलन बैक स्लैस यूजर्स बैक स्लैस महेंद्र के पांडे ये जो डॉस है आपका ये यूज़र महेंद्र कुमार पांडे के अंतर्गत चल रहा है जो कि महेंद्र कुमार पांडे नाम का जो यूज़र का फोल्डर है वो यूज़र्स के अंदर है और यूजर्स कहाँ है सी कॉलन मतलब सी ड्राइव के अंतर्गत है तो ये जो आपको पाथ दिख रहा है इस पाथ को अगर हम स्टेप बाय स्टेप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ एक कमांड हम चलाएंगे cd डी डॉट अगर स्टेप बाय स्टेप बैक जाना है तो cd डी डॉट डॉट एंटर कर देंगे आप देख पा रहे हैं एक स्टेप बैक हो गए जो हमारा महेंद्र कुमार पांडे नाम का फोल्डर था उससे हम बाहर आ गए यदि हमें यूजर से भी बाहर आना है तो हम cd डी डॉट करें या इसका एक अगर हमारे पास कई सारे फोल्डर सब सा फोल्डर ओपन हैं और हम उनको डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं तो हम यहां पर प्रेस करेंगे cd backslash बैक एंटर आपने देखा कि हम फोल्डर से स्टेप बाय स्टेप बैक करना चाहते हैं तो cd डी डॉट डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमने cd backslash प्रेस किया और एंटर कर दिया हम अपने प्रोम्ट पर आ गए या आप देख पा रहे हैं यह प्रॉम्प्ट है प्रोम्ट को चेंज करने का सबसे पहले हम जानेंगे प्रोम्ट को हम कैसे बदलते हैं प्रोम्ट को चेंज करने के लिए कमांड प्रेषित किया जाता है जिस भी प्रोम्प्ट में आपको जाना है यहाँ प्रोम्ट क्या है ड्राइव है आपका जिस ड्राइव के अंतर्गत आपको काम करना है उस ड्राइव का नाम आप यहाँ लिखेंगे जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ई e ड्राइव और यहाँ पर हमने लिया कॉलन और एंटर कर दिया आप देख पा रहे हैं प्रोम्ट चेंज हो गया इस तरीके से हम प्रोम्ट को बदल सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत हमें कोई भी वर्क करना है तो कमांड दे करके ही करना है डॉस के अंतर्गत टू टाइप कमांड यूज किए जाते हैं इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड इंटरनल कमांड वो होते हैं जो कोर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इंटरनल कमांड कहते हैं तथा एक्सटर्नल कमांड एक्सटर्नल वर्क करने के लिए ये कमांड प्रेषित किए जाते हैं जैसे हमें फॉर्मेट करना हो या हमें कोई भी हमें डिस पार्टीशन करना हो इन सब वर्क के लिए या और भी हमें एडिटिंग करना हो तो इन सब के लिए हम एक्सटर्नल कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको सरल भाषा में समझें कि कोर प्रोसेसिंग के लिए जिन कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम इंटरनल कमांड कहते हैं और एक्सटर्नल वर्क के लिए जिस कमांड का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल कमांड कहते हैं इंटरनल कमांड के अंतर्गत कई सारे कमांड आते हैं जैसे डी कमांड एम कमांड सी कमांड टाइप कमांड कॉपिक ऑन कमांड हम एक कमांड को करके देखेंगे हम इसमें कुछ कमांड्स आपको बताएंगे जिससे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आसानी से वर्क करना आ जाए तो कमांड तो बहुत हैं लेकिन इसमें हम आपको इस तरह से यूज़ करना बताएँगे कि आप आसानी से इस पर वर्क कर सकेंगे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कमांड प्रॉम्प्ट का वो क्लियर हो पाएगा तो आपने अभी देखा कि हम प्रॉम्प्ट को कैसे परिवर्तित करते हैं कैसे बदलते हैं अब हम आगे क्या करते हैं हम एक कमांड चलाते हैं डी प्रॉम्प्ट इस एरिया को हम बोलते हैं मींस ई कॉलन वैक्सलैस और जो ग्रेटर देन का साइन है ये जो पूरा एरिया है इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं और प्रॉम्प्ट के आगे ही हम आदेश प्रेषित करते हैं मीन्स कमांड देते हैं यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है डी कमांड डी कमांड का मतलब क्या है ई नाम का जो फोल्डर है या डायरेक्टरी है इसके अंतर्गत जितने भी फोल्डर सब फोल्डर फाइल्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारी इसमें फाइलें हैं टोटल फाइलें आप देख पा रहे हैं सतासी हैं और 23 डायरेक्टरीज़ हैं इनकी साइज वगैरह भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है आपने देखा कि जैसे ही हमने डी कमांड चलाया जितने भी फाइल और फोल्डर थे वो सारे आपके सामने प्रेषित गए। जो डिटेल हमने अभी डी के माध्यम से देखा अगर इसको हम पेज वाइज देखना चाहते हैं तो यहां पर हम कमांड चलाते हैं डी आई आर फॉरवर्ड और एंटर कर देते हैं आप देख पा रहे हैं एक पेज मैटर आपके सामने आया और यहाँ लिख करके आ रहा है तो आप देख पा रहे हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मीन यहां हम अपने की से या की से कोई भी बटन प्रेस करेंगे सो आपका अगला पेज आ जाएगा जा आप देख पा रहे हैं फिर लिख करके आ रहा है प्रेस एनी कि टू कंटिन्यू तो इस तरह से हम प्रेस करते रहेंगे जितने भी पेज में आपका मैटर होगा उतनी बार ये रिपीट एंड रिपीट करके आता रहेगा तो आप देख पा रहे हैं तीन पेज का मैटर था जो कि डायरेक्ट हमें दिखाई दे गया तो डी आई आर फॉरवर्ड स्लैश पी के माध्यम से हमने अपने रिपोर्ट्स को या अपने डायरेक्ट्री में सेव्ड मैटर को पेज वाइज देखा अगर यही जो हमारा डिटेल्स मैटर आया हुआ है इसको अगर हम विथ्थ में देखना चाहते हैं विफ्त में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हैं, वो नहीं सो करती हैं यहाँ हम कमांड चलाते हैं dir आई आर फॉरवर्ड तो आप देख पाएंगे विफ्थ में ये पूरा मैटर आ गया बट तब भी एक पेज से ज्यादा मैटर है तो यहाँ हम करें dir आई आर फॉरवर्ड स्लैस डब्ल्यू फॉरवर्ड और एंटर कर दें तो आप देख पा रहे हैं एक पेज आपके सामने आ गया अगर यहां प्रेस यानी की टू कंटिन्यू कर देते हैं तो अगला पेज भी आपके सामने प्रसिद्ध हो जाएगा कुछ इस तरीके से हम अपने डायरेक्टरी या अपने ड्राइव के अंदर जो भी फाइल फोल्डर्स हैं उनको हम शो करके देखते हैं अब हम चलते हैं इस विंडो को जो स्क्रीन पे पूरा मैटर दिख रहा है आपको इसको क्लियर करना चाहते हैं तो एक कमांड होता है सी कमांड सी कमांड का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन यहाँ एंटर करेंगे तो आपके पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी अब हम यहाँ टाइम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइम प्रेस कर दें कमांड टाइम कमांड प्रेस कर दें तो हमें टाइम पता चल जाएगा यहाँ हम नया टाइम दे सकते हैं लेकिन विंडोज़ 10 में सारे वर्क नहीं सो करते अगर हमें टाइम चेंज करना तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं बीस मिनट करके एंटर कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं आ रिक्वायर्ड प्रिवलेज इज़ नॉट हेल्प बाय द क्लाइंट यहाँ पर हम चेंज नहीं अगर हम यही पुरानी विंडोज़ में एक्सपी में या सेवन में तो हम यूज़ कर रहे होते तो हम इसको चेंज कर सकते थे बट यहाँ पर चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर हमें अगर टाइम जानना है तो आपने देखा हम टाइम कैसे देख रहे हैं हम इस तरह से टाइम प्रेस करते हैं तो टाइम सामने आ जाता है फिर हम एंटर करके बाहर आते हैं अगर हम यहाँ डेट प्रेस करते हैं डेट कमांड चलाते हैं तो हमें डेट मालूम हो जाता है तो इस तरह से हम एक एक कमांड को प्रेषित कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया उस टाइम मैंने विंडोज़ के वर्जन के बारे में आपको बताया आप देखें ये वर्ज़न हम लिखते हैं वी आर तो कौन सा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं किस वर्ज़न के अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कर रहे हैं वो आपके सामने प्रजेंट हो जा रहा है इस तरह से हम कमांड्स को प्रेषित करते हैं आदेशित करते हैं इसको अब हम देखते हैं कि यदि हमें एक डायरेक्ट्री मीन्स एक फोल्डर क्रिएट करना है ई ड्राइव के अंदर तो हम कैसे बनाते हैं हम यहां पर लिखते हैं एम डी का मीन्स होता है मेक डायरेक्टरी हम इसको कमांड दे रहे हैं कि डायरेक्टरी बनाओ स्पेस दिया मैंने और यहां हमने डायरेक्ट्री जिस नाम से बनानी है वो नाम हम लिखते हैं MK. हमने लिख दिया एम डी नाम की एक फाइल बनाओ और एंटर कर दिया हमने आपने देखा यहां पर हमने जो कमांड प्रेषित किया एमडी स्पेस एम के मीन्स ई ड्राइव में एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दो एम के नाम से जब इसको एंटर किया गया तो ना कोई मैसेज ना कोई सूचना इसमें आई मींस इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो कमांड दिया गया वो कमांड प्रोसेस में हो गया मींस एम के नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया अब हम क्या करते हैं यदि हम एम के नाम की डायरेक्टरी को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सी कमांड चलाएँगे और इस्पेस देंगे और एम के प्रेषित करके एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ई प्रॉम्प्ट के अंतर्गत आपका यम के नाम की डायरेक्टरी ओपन होकर के आ गई अगर यहाँ पर हम डी कमांड चलाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई भी फाइल अभी नहीं है दो डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं, बिकॉज जो हमने एम के नाम की डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर ये डायरेक्टरी किस डेट को और किस टाइम में बनी हुई है वो डिटेल्स यहाँ प्रेषित हो जाती हैं तो आपने देखा हमने डायरेक्ट्री को कैसे क्रिएट किया अब हम यहाँ पर सी कमांड को चलाते हुए स्क्रीन को हम क्लियर कर लिए अब हम चलते हैं एमके नाम की जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है इसके अंतर्गत हम एक फाइल बना करके दिखाते हैं आप लोगों को कॉपी स्पेस कॉन कॉपी और कॉन के बीच में आपको एक स्पेस प्रोवाइड करना है यहाँ हमने लिखा सुमित सुमित नाम की एक फाइल हमने दी और एंटर किया देख पा रहे हैं यहाँ एंटर करते ही ब्लिंकिंग प्वाइंट नीचे आ गया अब यहाँ इसमें इस फाइल में जब तक हम कुछ मैटर नहीं लिखेंगे फिर हम इसको सेव नहीं करेंगे जब तक हम मैटर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ डाल देते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पर सुमित इज अ गुड बॉय और हमने फुल स्टॉप करा अब हम क्या करेंगे इस फाइल को हमें सेव करना है और एंटर करने से केवल सेव नहीं होगा यहां हम पूरा मेटर डाल सकते हैं सेव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड जो अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड यहां सेव का शॉर्टकट है या फिर हम फंक्शन की से एप प्रेस करें तो हम यहां से कंट्रोल Z कर देते हैं और एंटर कर देते हैं तो लिख के आया वन फाइल कॉपीड मीन्स आपने जो कॉपी कौन कमांड प्रेषित किया है उस कमांड का ये मतलब है कि जो सुमित नाम से आप फाइल बनाना चाह रहे थे उस फाइल को कॉपी कर दिया गया मतलब सेव कर दिया गया है अब हम चाहते हैं कि जो हमने मैटर दिया हुआ है या जो हमने सुमित के अंतर्गत बनाया हुआ है इसमें जो मैटर दिया है उस मैटर को हम देखना चाहते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं dir कमांड चलाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या यम के फोल्डर के अंतर्गत हमारा फाइल जो सुमित नाम का है बन के आया या नहीं आप देख पा रहे हैं सुमित नाम की फाइल बन के आ गई है जो कि 20 बाइट्स की है एक अमित नाम से भी फाइल हमने इसमें बना के रखा हुआ है इस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करते हैं यहाँ पर हम कमांड चलाते हैं डेल और स्पेस करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं अमित और एंटर कर देते हैं अब हम डी आई आर करके देखते हैं क्या अमित नाम की फाइल डिलीट हो गई आप देख पा रहे हैं यहाँ से अमित नाम की फाइल डिलीट हो चुकी है बिकॉज यहाँ आपने भी देखा था जब तो यहाँ पर टू फाइल्स शो कर रहा था और यहाँ पर अब वन फाइल शो कर रहा है मीन्स del कमांड का इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा हम फाइल कैसे बनाते हैं यदि सुमित फाइल के अंदर जो मैटर है उसको हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कमांड होता है टाइप कमांड टाइप कमांड यहाँ लिखेंगे स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सुमित और एंटर कर देंगे तो सुमित के अंतर्गत जो भी मैटर होगा वो आपका यहाँ पर प्रेषित हो जाएगा तो इस तरह से हम कमांड को प्रेषित करते हैं आपने देखा हम फाइल को कैसे बनाते हैं फाइल को कैसे सेव करते हैं तथा फाइल को हम कैसे देखते हैं अब हम चलते हैं फाइल को रीनेम करके देखते हैं एक बार मैं दिखा दूँ आप लोगों को डी करके कि इसमें जो फाइल है सुमित नेम की फाइल है इस फाइल को हम रिनेम करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं यहाँ पर हम रैन कमांड चलाते हैं रिनेम करने का एक कमांड होता है रैन रैन स्पेस जिस फाइल को आपको चेंज करना है उस फाइल का नेम मीन्स ओल्ड फाइल नेम डालेंगे फिर स्पेस करेंगे और यहाँ पर हम न्यू फाइल नेम डाल करके एंटर कर देंगे अब आप यहाँ डी आई करेंगे तो आप इंटर करके आप यहाँ देखेंगे सुमित नाम की जो फाइल थी वो अमित नाम में चेंज यदि अब हम टाइप कमांड के माध्यम से देखना चाहते हैं कि सुमित नाम की फाइल में क्या मैटर था तो यहाँ सुमित लिखने के बाद आपको एरर मैसेज आएगा बिकॉज अब सुमित नाम से फाइल का कोई भी पहचान नहीं किया जा सकता है तो हम यहाँ पर टाइप कमांड के साथ अमित लिखते हैं तो हमें जो फाइल हमने सुमित में लिखा था मैटर वो अमित में हमें दिख जाएगा इस तरह से हम डॉस में बहुत सारे कमांड्स को प्रेरित करते हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम एक्सिट करेंगे और बाहर आ जाएंगे इस तरह से हम डॉस को यूज़ करते हैं तो क्लास बहुत बड़ी ना हो चूँकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वीडियो में तो आपने देखा कमांड प्रॉम्प्ट को हम ओपन कैसे करते हैं उसको हम यूज़ कैसे करते हैं उसमें हम कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं कैसे फाइल को बनाते हैं फाइल को कैसे देखते हैं स्क्रीन को कैसे क्लियर करते हैं ये सारा कुछ आपने देखा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें तथा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद